बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो मजबूरियों को मत को सा करो हर हाल में चलना सीखो